मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात किसी से छिपे नहीं है प्रदेश के अस्पतालों में मरीज जाने से डरने लगे हैं कहीं डॉक्टर्स नहीं तो कहीं सुविधाओं का टोटा लेकिन इन सबसे बेफिक्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इन दिनों कलाबाजी में व्यस्त हैं। जिस तरह मंत्री प्रभुराम चौधरी लठ और तलवार चला रहे हैं अगर यही समय वे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा दें तो शायद प्रदेश की जनता का भला हो जाता मध्यप्रदेश की जनता प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से परेशान है लेकिन शिवराज सरकार के मंत्री डॉक्टर चौधरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रदेश में मरीज दर दर भटकने को मजबूर है अस्पताल के बाहर एक मां की गोद में उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया वजह डॉक्टर का न मिलना ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में हो चुकी है जो कि प्रदेश को शर्मसार कर रही है लेकिन इन सबसे वास्ता ना रखने वाले डॉक्टर प्रभुराम चौधरी डोल 11 पर कलाबाजी में व्यस्त हैं। प्रभु चौधरी डंडे और तलवार से कलाबाजी कर रहे हैं लोगों को अपना हुनर दिखा रहे हैं यही हुनर स्वास्थ्य मंत्री अगर अस्पतालों में जाकर दिखाएं और अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में दे तो शायद इससे प्रदेश का कुछ भला हो जाए लोगों को सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगे लेकिन मंत्री जी को स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है बेस्ट रिजल्ट एंड डिलीवरिंग पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो